Today I I am am starting my my new video. In my channel I am dead, okay? So we are starting with maths and today the chapter is chapter आई yeah, And we will start with question स्टार्टिंग and we will टूडे दैप्टर इज चैप्टर सिक्स एंड क्वेश्चन वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको पाँच तक बना के छोड़ देंगे और इसका माइक्रोसॉफ्ट में हम cloud में photo store kiya hai, uska link hum आपको bhej denge, ठीक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा ठीक है तो ये ज्यादा ज्यादा पंद्रह पच्चीस मिनट का वीडियो होगा चलिए शुरू करते हैं तो पहला सवाल हम लोग का ये 8x एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स और 3x एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स तो ठीक है हम लोग यहाँ सबसे पहले ये कोमा हटा देते हैं जब भी हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन एक बार लिख देते हैं सोल्यूशन ठीक है एट एक्स प्लस So वाईक्स टू नाइन सो एट एक्स इजल टू नाइन माइनस फाइव वाई एक्स इजल टू नाइन माइनस फाइव वाईल्स टू एट वन उसको डिनोट कर देते वन से 3x एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स को डिनोट कर लेते हैं 2 से ठीक है अब हम लोग यहां लिखते हैं सब्सिट्यूट दैल्यू ऑफ सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ x टेन टू ओके दोनों जगह सर्कल बना दीजिए जैसे कि डिनोट रहेगा मतलब देख लेगा जिसको बनाना होगा वरना ऐसे पढ़ने में कभी कभी दिमाग से जाता है तो सर्कल बना के रखिएगा यहाँ दोनों सर्कल ठीक है ये डिनोट करने के लिए नीचे तो हम नीचे लाइन खींची तो लाइन खींचना ज़रूरी नहीं है चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन थ्री एक्स प्लस ठीक है आप थी so, ये सब्सिट्यूट करना वैल्यू थ्री का ठीक है सो नाइन माइनस फाइव वाई बाईट प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन वाई प्लस टू वाई एट ये फोर है चलिए इसको लंबा कैक ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन वाई सिक्सटीन वाई इक्वल्स टू फोर सो यहाँ आपका फोर इंटू एट हो जाएगा और यहाँ ट्वेंटी सेवन प्लस वाई होगा प्लस होगा देख के हाँ ठीक है लिखाएगा थर्टी टू माइनस ट्वेंटी ठीक है यह सवाल देख लीजिए गौर से अब हम लोग इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास ठीक है तो एक बार देख लीजिए आप लोग यूट्यूब का वीडियो पाउज कर सकते हैं ये सवाल है आपका ये यहाँ पे हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर दिए सॉल्यूशन के दिखा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और उसके बाद यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाँ हम आपको जब सवाल बताएंगे तो यहाँ पे हम आप लिखेंगे लेकिन वो वाला जो सवाल था मतलब कि ये जो सवाल अभी जो हम बना रहे हैं इसमें नाव नहीं लिखेगा क्योंकि लास्ट में हम लोग नाव लिखेंगे जिससे कि डिनोट रहेगा कि फिर अब हम लोग जब वाई का वैल्यू हम लोग को आया है तो हम लोग वन में वैल्यू पुट कर रहे हैं y का वैल्यू जिससे कि हम लोग का x का वैल्यू निकले ठीक है ओके अभी हम बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे बनाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा तो जैसे जैसे हम बता रहे तैसे तैसे बनाना शुरू कीजिए आप लोग ठीक है दिखाने के लिए वाई इक्वल्स क्योंकि हम मिटा दिए इसलिए हम देर सिंस यहाँ पे वाईल्स टू लिख दिए ठीक है तो हम लोग लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई इन वन ठीक है तो वन हम लोग का क्या है हम डिनोट किया है पहले से तो वाई हम लोग का हो जाएगा एक्स एमाईक्वल्स टू नाइन माइनस फाइव वाई ठीक है और एट ठीक है सो एक्स नाइन माइनस फाइव वाई फाइव वाई नहीं देते हैं यहाँ पर ही कर देते हैं कहाँ है एक नीचे स्टेप देते जाएंगे ठीक है एक्स हो जाएगा नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन आ जाएगा आपका एक्स माइनस सिक्सटीन बाई एट एट है एट और एट टू जो सिक्सटीन हो गया ठीक है यहाँ तो जगह है नहीं मेरे पास देख लीजिए यहाँ जगह नहीं है मेरे पास आ, एट सो तो अब हम लोग यहाँ पे ली देते हैं एन्स y इक्वल्स टू फाइव एंड एक्स इक्ल्स टू माइनस टू हम का वैल्यू निकल आया क्योंकि y का वैल्यू हम पहले निकल तब वीडियो को पीछे कर लीजिए बैक करके देख लीजिए ठीक है और जैसे जैसे हम सवाल बना रहे वैसे वैसे बना दीजिएगा और अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो हम अलग से इसको कॉपी में बना के इसका फ़ोटो वोटो खींच के गूगल ड्राइव में डाल देंगे या तो वन ड्राइव में माइक्रोसॉफ्ट का ड्राइव है तो उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या तो उसमें मतलब खुल जाएगा खुल के देख लीजिएगा ठीक है तो हाँ याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आई एम डेड हाँ ये पहला वीडियो है और हाँ इसमें हम एक से पाँच तक बताएंगे फिर दो से तीन दिन में हम फिर दूसरा वीडियो डालेंगे एक से पाँच तक उसमें भी पाँच सवाल रहेगा यानी कि पहला वाला में हम एक से पाँच तक बताएंगे फिर यहाँ से दस तक बताएंगे दस तक और फिर हम चौदह तक बताएंगे और जैसे कि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा हम लोग का एक्सरसाइज सिक्स ए ठीक है चलिए अब दूसरा नंबर पे चलता है ठीक है पहले ही सात मिनट हो गया अभी सो दूसरा सवाल पे चलता है तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं तो टू एक्स माइनस हो गया 2x आ जाएगा यहाँ 7 प्लस थ्री आ गया x हो गया सॉरी 7 प्लस थ्री वाई बाई इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग 1 से और उसके बाद हम लोग 5x एक्स प्लस वाई को डिनोट कर लेते हैं टू से ठीक तो है तो अब हम लोग सब्सिट्यूट करते हैं पहले सब्स्टिट्यूट दाइन है रुकी है, अच्छा से लिख देते हैं नाइन है वैल्यू ऑफ x लिख सकते हैं क्योंकि एक्स देखिये एक्स इज टू ये है तो इसको हम लोग डिनोट कर ले वन से वन भी लिख सकते हैं x भी लिख सकते हैं सो हम x ही लिखेंगे एन ये टू है So, two हम क्या है फाइव एक्स प्लस वाईल है सॉरी फोर लग रहा है nine हो गया, so, five, seven plus three y फाइव से मिलेगा कितना होता थर्टी फाइव होता है फाइव थ्री जो कितना होता 15 होता है है हो गया प्लस Y हो गया इक्वल्स टू नाइन हो गया हाँ फिर यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं आप लोग वीडियो देखिए स्किप करेंगे टू एक्स वीडियो में देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा फटाफट देखना शुरू कीजिए ये तो कुछ नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे देखेंगे तो सब समझ में आएगा थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन वाई हो गया प्लस टू वाई हो गया नाइन ये हम वीडियो जो हम एक्साइज बना रहे हैं इसका वीडियो हम पहले ही से आपको समझा चुके हैं या हम नहीं अपलोड किएंगे या अपलोड करने में दिक्कत हो गया होगा तो हम इसके बाद अपलोड कर देंगे तो इससे पहले अपलोड हो चुका होगा ठीक देख लीजिएगा 35 हो गया सेवनटीन वाई हो गया नाइन टू टू हो गया 35 फाइव प्लस सेवनटीन वाई इक्वल्स टू तो यहाँ आपका 35 फाइव माई हो गया और हाँ ये सेवेंटीन वाई इधर आ रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा आप लोग ध्यान नहीं देते तो सवाल का आंसर नहीं आता है ठीक है 17 यहाँ हो गया माइनस सेवेंटीन वाई माइनस दोबारा हम बोल रहे हैं अब नहीं आएगा तो आप लोग का गलती है लेकिन फिर भी यहाँ माइनस है और वाई है ठीक है यहाँ जगह नहीं है यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको हम यहाँ ऊपर बना दे ठीक है ये दोनों कट गया वन आ जाएगा वन हो गया नीचे वन माइनस है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा वाई y, y का वैल्यू आ गया माइनस वन तो हम लोग यहाँ पे पहले से ही बना देते हैं क्योंकि जगह है नहीं तो हमको मिटाना पड़ेगा फिर तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे वीडियो सेंस y इक्वल्स टू माइनस वन ठीक है दे दिया ना पूरा सवाल देख लीजिए यहाँ थोड़ा के बना देते हैं ठीक है एक। अब नाव लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सब्सटी टूट सब्सटी ट्यूटे अच्छा से लिख देते हैं स्पेलिंग यार थोड़ा देखने में भी खराब लग रहा है Substitute, S S U B सब्सटीट्यूट एस यू बी एस टी आई टीयूट दैल्यू ऑफ वाई एन वन वाई का वैल्यू कितना आया था माइनस वन आया था हम लोग का ठीक है सेवन प्लस थ्री वाई पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं confusion ना हो आप लोग direct मत उतारियेगा क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर सामने वाला समझ नहीं पाएगा तो काट देगा सेवन माइनस थ्री बाई टू एक्स हो जाएगा सेवन माइनस थ्री फोर बाई टू एक्स का वैल्यू आ जाएगा टू सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया था इसलिए हम शायद बना लेते दिखा नहीं होगा तो हम पहले आपको समझा देते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पहले डिनोट किया वन तो ये वन है और यहाँ माइनस वाई का वैल्यू माइनस वन हम निकाल लिए थे पहले ही आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं माइनस वन आ गया माइनस वन की ये प्लस था प्लस को ये माइनस में कर दिया क्योंकि वाई माइनस का वैल्यू ज़्यादा होता है प्लस से हमेशा समझ लीजिए तो ये आपका सेवन माइनस थ्री आ गया और बाई टू डिवाइड करेंगे और तो माइनस करेंगे तो सेवन माइनस तो कितना आएगा फोर आएगा तो फोर आ गया यहाँ पर और ये 2 है और 2 को 4 से अगर करेंगे मतलब डिवाइड तो 2 आ जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 2 हम लोग का ठीक है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सॉरी टू टू एंड वाई टू माइनस 1 ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना चलिए आगे चलते हैं ज्यादा समय ना जाए तो इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लिया और सोल्यूशन लिख दिए आप लोग को क्वेश्चन हम दिखा देते है एक बार फिर आप लोग को डाउट हो जाएगा कुछ ये हम लोग बना रहे तीन नंबर ये तीन नंबर इससे पहले हम लोग दो नंबर बनाए थे और एक नंबर बनाई थी ये ठीक है टू एक्स प्लस थ्री वाई है एट हो गया 2x लिख दिए अब एट हो गया माइनस थ्री हो गया आप लोग का x हो जाएगा 8 माइनस थ्री वाई बाई ठीक है सो so, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं वन से और 2x एक्स इजल टू, टू टू प्लस थ्री वो डिनोट कर लेते हैं हम लोग टू से ठीक है तो अच्छा से लिख देते हैं आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा टू लिख दिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्सिट्यूट नाव नहीं लिखेंगे नाउ जब हम लोग जब जब हम लोग मतलब वाई का वैल्यू इसमें निकल आएगा क्योंकि तो इसमें हम लोग एक्स दिए तो एक्स का वैल्यू तो ये है तो हम लोग जब वाई का वैल्यू निकल आएगा फिर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे वन में तब हम लोग करेंगे ठीक है नाव तो अभी हम लोग नाव नहीं लिखेंगे नाव हम लोग लास्ट वाला लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन टू ठीक है देख लीजिए आप एक तो बार अच्छा से देख लीजिए और हाँ याद तो से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा हमको उतना एडिटिंग नहीं आता है जैसे कि सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब बटन यहाँ आते रहे तो यहाँ ऐसे ही मेरा चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग टू एक्स नहीं सॉरी अगर अच्छा लग रहा है समझ आ रहा है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा वरना नहीं कीजिएगा ठीक है एट माइनस थ्री वाई बाई टू टू प्लस थ्री वाई हो गया हम लोग का ए टू जो कितना हो गया सिक्सटीन हो गया तो जो कितना होता है सिक्स होता है सिक्स वाई बाई टू टू प्लस थ्री वाई हो गया आ, एक लाइन खींच देता है ठीक है चलिए बन रहा है बनाते आगे भी कोई दिक्कत नहीं है आ, शायद हम सवाल गलत किए हैं ओके एक मिनट चेक करने दीजिए चेक तो हम लोग यहाँ पे टू का वैल्यू लेते हैं ये जो नीचे वाला टू है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so, यहाँ सिक्सटीन माइनस सिक्स वाई इजल टू फोर प्लस सिक्स वाई हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर आ जाएगा सिक्स वाई प्लस सिक्स वाई ये माइनस है यहाँ आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा पहले ध्यान दीजिएगा सॉरी टूवेल्व हो जाएगा टूवेल्व वाई हो जाएगा सो टूवेल्व ट्वेल्व कट गया y का वैल्यू कितना आ गया y का वैल्यू वन आ गया वन ठीक है so, सो इसमें जगह नहीं है तो हम अलग से यहाँ पे y को सेंस y लिख के यहाँ पे एक मिनट बॉक्स बना दिए सेंस y इक्वल्स टू वन ठीक है तो अब हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यू वन में ठीक है वन में x का क्या है वन को हम डिनोट किए तो हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो अब हम लोग वन में डिनोट करेंगे ठीक है y का वैल्यू वन दे माइनस मतलब माइनस में नहीं है वन है खाली वन है वन है ध्यान से माइनस नहीं है तो बारह हम बोल रहे हैं माइनस नहीं है तो अब हम लोग लिखेंगे नौ सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ y एन वन वन को हम लोग डिनोट किया है X एक्स से किए दो हम बोले बार बार बोल रहे हैं एक्स इजल माइनस थ्री वाई बाई टू वाई का वैल्यू कितना तो हम लोग का वन आएगा माइनस वन नहीं सिर्फ y हम, मतलब y का वैल्यू आया था, सिर्फ वन एट माइनस थ्री इंटू वन बाई टू सो क्या हो गया ए हम लोग का आ जाएगा फाइव फाइव बाई टू सो एक्स आ गया फाइव बाई टू सो एक्स हम एक्स लिखे अब यहाँ फाइव को डिवाइड कर लेते हैं टू से ठीक है तो टू टू जा आ गया फोर आ जाएगा आपका सॉरी मतलब कैमरा हाथ से पकड़ना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है सो so, वन आ जाएगा यहाँ पे एक पॉइंट उतार देंगे तो यहाँ एक ज़ीरो आ गया अब कितना बार में टेन में आ जाएगा सो so, कट गया सो so, आ गया आपका टू पॉइंट फाइव ठीक है अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यहाँ जगह है नहीं पूरा देख लीजिए आप लोग सवाल बार फिर से इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला पोर्शन हम आपको दिखाने के लिए कि यहाँ समझ में आ जाए कैमरा हम पकड़ रहे आप लोगों के सामने लाइव क्लासेस नहीं है जिससे कि आप लोग समझ जाएं क्या आप लोगों का कोई डाउट रहेगा तो हम कमेंट में पढ़ ले तो समझ जाएं। सो so, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस वाई वन एंड एक्स इजल टू टू हम पहले ही बना चुके हैं और ये डिवाइड वाला हटा देते हैं ठीक है सो आपका थ्री नंबर सॉल्व हो गया आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं सो थ्री अब हम लोग फोर और फाइव दो सवाल और करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लिंद हो जाएगा तो डालने में दिक्कत होगा ठीक है uh, फिर अगला वीडियो में हम आपको डाल के दे देंगे ठीक है ये पहला वीडियो है यहाँ पे हम पहले ही लिख देते हैं ओके तो यहाँ पर वन डी नोट कर देते हैं चैप्टर सिक्स आ, Exercise सिक्स ए वन ठीक है आप इसको हम मिटाएंगे नहीं जैसे कि आपका बार बार दिमाग में रखा रहे इसको हम मिटाएंगे नहीं अगर मिट जाता है तो हम दोबारा इसको लिख देंगे ठीक है तो अगला सवाल ये नंबर बनाने वाले फोर वाला ये है अगला सवाल ठीक है ये सवाल है चलिए इसको हम यहाँ पे लिख चुके हैं पहले ही आ, पहले हमें यहाँ लिख चुके हैं सो so, ये चैप्टर सिक्स ए है तो थोड़ा गंदा हो गया 6A, 6A का भाग वन है और हाँ ये पांच नंबर तक बनाएंगे यानी कि इसके बाद हम एक सवाल और बनाएंगे इसके बाद हम छोड़ देंगे ठीक है इसके बाद हम अगला पार्ट में बनाएंगे सो तो हम लोग सवाल पहले लिख लेते हैं 2x एक्स प्लस वन सॉरी जीरो आ गया 25 आ गया सो so यहाँ पे 0.2x को पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा 0.1y, y तो वन पॉइंट हटा देंगे 10 आ जाएगा नीचे 5 हो गया 25 हो गया सो so 2 5 जै टेन सो एक्स बाई फाइव आ गया वाई बाई टेन आ गया 25 आ गया ठीक है टू 10 आ जाएगा टू एक्स वाईवल टू ट्वेंटी बात तो बराबर है इसको आप नहीं भी करेंगे चलेगा ये मतलब यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिएगा 10 10 रहेगा बल्कि करिए टू एक्स प्लस वाईवल टू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन 2x टू 250. प्लस ये है सॉरी कैमरा हिल गया था थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को सो so, ये है सवाल और इसको हम लोग डी नोट कर लेते हैं वन से so, यहाँ जो ये प्रोसेस के स्पेस खा गया तो so, आप लोग पूरे पास करके देख लीजिएगा मिटा रहे. So, ये हो गया। आपका टू एक्स प्लस वाई टू टू को डिनोट कर लिए 1 से 2X minus 2, 2 ठीक है हाँ, so, लिखेंगे आप यहाँ सब्सटीट्यूट s u b s t i t u t सब्सटी ट्यूट दैल्यू Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. गलती होगी इसको एक और प्रोसेस में आगे बढ़ा देंगे यहाँ आ जाएगा आपका y 250 फिफ्टी माइनस अब यहाँ लिखेंगे हम लोग वन जिससे कि हम लोग का साइन पता चल जाए कि कौन क्या है y है सॉरी हम ध्यान नहीं दिए थे हाँ ठीक है सो यहाँ जो है ये वैल्यू टू का टू ही रहेगा इसका वैल्यू तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हाँ जानते हैं आप लोग को रेगुलर बना रहे होंगे मेरे साथ ही साथ तो मेरे दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा आसपास थोड़ा आवाज़ हो रहा है तो इसके लिए भी दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को तो आप लोग यहाँ वाई लिख दीजिए जिससे कि आप लोग को दिमाग में रह वन क्या है वो दिमाग में नहीं रहता ना टू हो गया सो उन लोग सवाल लिख देते हैं एक्स माइनस टू माइनस वन पॉइंट सिक्स इज वू वन वन सिक्स सो टू एक्स हो जाएगा यहाँ फोर हो गया माइनस y है वन पॉइंट सिक्स वाई है माइनस फोर ठीक है सो यहाँ सिक्सटीन को एक पॉइंट हटा दिए तो ये आ गया y का वैल्यू क्या है हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू ये है ठीक है दोबारा आप लोगों को दिखा रहे हैं थोड़ा कैमरा का दिक्कत हो रहा है हाँ अब ठीक है टू फिफ्टी माइनस टू एक्स वन वन सिक्स ठीक है टू टू एक्स माइनस फोर आ जाएगा यहाँ फोर थाउजेंट आ जाएगा आपका कॉमा एक देते हैं फोर थाउजेंट आ जाएगा यहाँ कॉमा दे दिए तो यहां आपका थर्टी टू आ जाएगा ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ध्यान में रखिएगा मार्क्स उतारेंगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे टेन आ गया ट्वेंटी एक्स माइनस फोर्टी माइनस फोर थाउजेंड प्लस थर्टी टू एक्स इजल टू वन वन सिक्स ठीक है अब तो जगह है नहीं सो so, फिर हमको मिटाना पड़ेगा आप लोगों को फिर दिक्कत हो रहा होगा सो so, मिटा देते हैं क्या करेंगे यहाँ नीचे हम लिखे हैं आप लोग देखते रहेगा वीडियो में हम अब कैमरा नहीं हिलाएंगे थोड़ा दिक्कत हो जाता है इनको भी मतलब तो फिफ्टी टू एक्स आ गया माइनस फोर थाउजेंड फोर्टी आ गया वन वन सिक्स को इनटू कर दिए टेन से ठीक है इसे में एक्स का वैल्यू यहाँ एक्स आगे था इसलिए हम पहले यहाँ पे कर दिए वरना तो बाद में दिक्कत होता इसलिए ठीक है सो ये हो गया आप लोग का तो फिफ्टी टू एक्स हो गया माइनस फोर थाउजेंड फोर्टी और वो वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी हो जाएगा डन सो फिफ्टी टू आ गया आपका वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी प्लस फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड फोट फोर थाउजेंड फोटी होगा खाली एक्स हो गया फिफ्टी टू हो गया एक्स सो so अब हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा फाइव सो so, x और 5200 को अगर हम लोग 52 से काटेंगे न तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया तो हम यहाँ पे जगह तो है नहीं x का वैल्यू क्या 100 हो जाएगा सो so, यहाँ जगह है नहीं तो so y का वैल्यू देखिए okay. uh, y बाद इक्वल नहीं देना चाहिए कैमरा हंड्रेड ठीक है सो अब हम इसको मिटाना पड़ेगा आप एक बार पूरा सवाल देख लीजिए ठीक है ये भाग वन है पहले हम बोल देने, बार बार बोल रहे हैं अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ठीक है नाउ सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ uh, y n वन hmm. तो वन मेरा क्या था ये था y का वैल्यू क्या मेरा निकला सॉरी y नहीं था वो x था x क्योंकि y का वैल्यू में याद ये तो x लिखाया गया यहाँ पे सॉरी सो वहाँ पे भी आपका y नहीं होगा x होगा आपे भी सर्कल कर सॉरी सॉरी थोड़ा गलती हो जाता है कैमरा पकड़ना पड़ता है ना बहुत दिक्कत होता है कैमरा में पोर्ट्रेट मोड में डाल देते ठीक so, है सो क्वेश्चन क्या टू टू फिफ्टी माइनस टू एक्स एक्स का वैल्यू हम लोग का निकला था 100, सो so, 2 इंटू हंड्रेड सो y माइनस टू फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड सो वाई हो जाएगा 250 फिफ्टी माइनस टू हो जाएगा 50, सो so, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ची एन सी एंस एक्स इज टू हंड्रेड एंड वाई इज टू हाँ वह सवाल बन गया उधर थोड़ा हमको एक गलती हो गया था क्योंकि हम वाई का पहले वैल्यू हम वहाँ पे ये फूट किए थे तो यहाँ पे हम लोग का एक्स आना चाहिए ना क्योंकि वाई के वैल्यू दिए थे हम लोग सो हाँ और एक सवाल और ठीक है फिर अगला हम अगला भाग, भाग भी निकालेंगे तो अगला हम लोग बनाने जा रहे हैं फाइव नंबर ठीक है तो हम पहले यहाँ पर सवाल लिख चुके हैं ठीक है एक वह सवाल मिला दीजिए ठीक है सवाल हो गया ये थोड़ा हिलता है आ... सॉल्यूशन अब हम लोग लिखेंगे 6x is equal to 7y plus 7 सेवन वाई प्लस सेवन बाई 6 इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग 1 से ठीक है और 7y वाई और बाई एट को हम लोग डिनोट कर लेते हैं टू से ठीक है so, सो यू बी एस टी आई टी यू टी सब्सिट्यूट ऑफ एक्स इन टू एक्स को सर्कल बना एक्स का सर्कल बना देते हैं थोड़ा कैमरा हिल मतलब साइड करने में थोड़ा दिक्कत होता है हम लोग का वैल्यू टू क्या है टू का वैल्यू हम लोग का सेवन वाई माइनस एक्स इक्वल टू एट ठीक है और हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या है एक्स का वैल्यू है हम लोग का सेवन वाई प्लस सेवन बाई ठीक है सेवन वाई प्लस सेवन बाई इक्वल्स टू एट ओके एक मिनट हमको सवाल मिला ले लीजिए ठीक है ठीक है थोड़ा सेवन ऊपर उड़ गया है ओके इसको सही जगह लाना होगा उसको एक ब्रैकेट में दे दीजिए ठीक है वन है थोड़ा साइन बैठाने में आपको दिक्कत होगा और सो अगर आप साइन बैठा भी देते हैं समझने वाले को दिक्कत होगा ना सो माइनस सेवन बाई हो गया बाई और uh, so कितना 42Y होता है फोर्टी टू वाई होता है माइनस सेवन वाई माइनस सेवन इक्वल्स टू एट ठीक है तो अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं एक लाइन उसके बाद यहाँ से बनाना शुरू करते फोर्टी टू माइनस सेवन कितना होगा आपका थर्टी फाइव वाई माइनस सेवन प्लस टू एट इंटू सिक्स चलिए थर्टी फाइव वाई माइनस सेवन इंटू सिक्स सेवन सर सिक्स सेवन कितना होता है फोर्टी एट होता है थर्टी फाइव वाई फोर्टी एट प्लस सेवन होगा या माइनस यहाँ आएगा तो सेवन होगा ठीक है सो थर्टी फाइव बाई हो गया और यहाँ कितना होता है 7, so 14 होता है है हो हो हो जाएगा 155 हो जाएगा का का वैल्यू वैल्यू गया तो तो जा जा और 7 जा तो का क्या okay, जगह नहीं ठीक है कैमरा और ठीक है ये चलिए आगे शुरू करते हैं यहाँ हम लोग का y का वैल्यू आ गया इलेवन बाई सेवन सो लंबा ना खिंचा जाए वहां पॉइंट पे पहले कर दिए थे लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले कर दे रहे सिंस टू इलेवन बाई सेवन ठीक है जगह नहीं सो हमको मिटाना पड़ेगा बड़ा बोर्ड नहीं है छोटा बोर्ड आप लोग जैसे देख सकते हैं ये ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए ठीक है ये सवाल हो गया सो so, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं सेवन वाई प्लस सेवन के सॉरी x तो डिनोट करना हम भूल ही गए थे x डिनोट करेंगे सेवन वाई प्लस सेवन बाई सिक्स सो हम लोग का y का वैल्यू आ गया बाय सेवन ठीक है एक्स हो गया सेवन इंटू एलेवन सेवन हो गया 6, 7 7, 1 आ जाएगा बाई तो कितना होता है 11 ही होगा एटीन हो गया 6 हो गया हो तो हो कितना जाएगा हो जाएगा, जाएगा बाई सिक्स कितना एटीन होता है सो सॉरी कैमरा फिर हिल गया वाई टू इलेवन बाई सेवन एंड एक्स इज टू थ्री निकल गया सो so, ठीक है थैंक यू